हेलो फ्रेंड आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं वो भी सिर्फ़ एक क्लिक में तो उसके लिए सिर्फ़ हम ऑनलाइन जाकर अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं तो चलिए आपको हम दिखाते हैं कि कैसे अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं तो आप देखते रहिए कि कैसे हम अपने फोटो के बैकग्राउंड को रिमूव करके दिखाने वाले हैं तो चलिए हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर में क्रोम ब्राउजर को हम ओपन कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे रिमूव बीजी आर ई एम ओ भी e remove b g अब इसको हम सर्च कर देंगे देखिए यह हमारे सामने यह वेबसाइट खुल के सामने आ गया है हम इस पर क्लिक करेंगे ठीक है फ्रेंड और उसके बाद देखिए यहाँ पे यहाँ पे लिख रखा है अपलोड फ़ोटो तो हम इस पर टैप करेंगे टैप करने के बाद ये हमारा गैलरी ओपन हो गया है तो हम ब्राउजर में चले जाते हैं ब्राउजर में जाने के बाद यहाँ पे हम सबसे पहले एल्बम में चले जाएंगे और जहाँ से भी आपको जो भी फ़ोटो अपना उठाना है वहाँ से आप उठा लीजिएगा मैं यहाँ अपना फेसबुक फ़ोटो देख लेता हूँ जैसे ये हमारा फोटो है यह देख लिया हमारा फ़ोटो का बैकग्राउंड किस तरह का था और यह देखिए यह हमारा सिर्फ़ एक क्लिक में हमारा फोटो का बैकग्राउंड ये देखिए कैसे हट गया सिर्फ़ एक क्लिक में हमारा फ़ोटो का बैकग्राउंड हट गया तो अब चलिए हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं डाउनलोड करने के लिए यह हमें दो ऑप्शन दे रहा है चाहे तो हम इसको सात सौ मैं इसको डाउनलोड कर सकते हैं चाहे चार सौ तैंतीस में कर सकते हैं वो आपकी मर्जी है कि आप किस में करना चाहते हैं हाई तो हम तो सिंपल डाउनलोड कर लेते हैं ये देखिए हमारा ये डाउनलोड हो गया है तो चलिए हम इसको आपका बैकग्राउंड भी दिखा देते हैं कि हमारा बैकग्राउंड चेंज हुआ चलिए हम उसका बैकग्राउंड दिखाते हैं आपको कि हमारा बैकग्राउंड हम कैसे दूसरे जगह पर उसको फिट कर सकते हैं तो जैसे हम ईशांत हेमनल यूज करते हैं आप भी यूज़ कीजिए बहुत ही अच्छा ऐप है तो ईशान थैमनल हमने ओपन कर लिया और यहाँ पे हम क्रेट थैमनल पे ओके करके कोई एक यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं जैसे हम यही वाला बैकग्राउंड ले लेते हैं यहाँ पे उसके बाद ये बोल रहा है रेशियो सेलेक्ट करने के लिए जैसे आप YouTube कवर बनाना चाहते हैं तो 2560 का ले सकते हैं रेशियो का और YouTube यू, यूट्यूब बनाना चाहते हैं तो ये सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं तो हमें तो कुछ बनाना नहीं है बस आपको बताना है तो इसी हम 2560 वाले को ही सेलेक्ट कर लेते हैं ठीक है दोस्त फिर यहाँ पे हम इसे ओके कर देंगे ओके करने के बाद फिर हम यहाँ से इमेज में चले जाते हैं और यहाँ एल्बम में चले जाते हैं एल्बम में जाने के बाद यहाँ पे हम डाउनलोड में हमारा जो फ़ोटो डाउनलोड हुआ था इसे देखिए ये डाउनलोड हुआ है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो देखिए अपने हिसाब से आप इसको छोटा या बड़ा यहाँ से ऐसे कर सकते हैं जैसा आपका मन हो वैसा अपना सेलेक्ट कर लीजिए ठीक है दोस्त फिर यहाँ से हम ओके कर देंगे ये देखिए हमारा फ़ोटो यहाँ पे आ गया है तो इसको हम कुछ आ, आ, कुछ अच्छा तरह से इसको हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं ये देखिए है। इसे और बड़ा करना पड़ेगा ये देखिए इसे हम चाहे तो अपने हिसाब से मतलब आप इसको सेट कर लीजिएगा ठीक है फ्रेंड देखिए ये हमारा फोटो यहाँ का यहाँ पे आ गया है और देखिए किस तरह का इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया है तो आप जैसे भी पिस पिस आर्ट का यूज़ करते हैं तो आप उसमें जाके अपना बैकग्राउंड को बहुत ही आसानी से मतलब जो भी बैकग्राउंड लगाना है वो बैकग्राउंड लगा सकते हैं और थम्नल बनाना है तो इसका थमनल बना सकते हैं जो भी आपको करना है इस फोटो का आप जो भी कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसा ही कुछ नया टॉपिक लेके